खजुराह सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विडी शर्मा ने कहा कि पन्ना में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा जिसके लिए कलेक्टर को प्रस्ताव बनाने के लिए कहा गया है प्रस्ताव को जल्द तैयार कर सरकार के पास भेजा जाएगा पन्ना में जिला अस्पताल के निरीक्षण के दौरान खजुराहो सांसद वी शर्मा ने कहा कि पन्ना में जल्द ही मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा इसलिए कलेक्टर को प्रस्ताव बनाने का निर्देश दिया गया है मेडिकल कॉलेज प्रस्ताव को सरकार के पास भेजा जाएगा उन्होंने कहा यह हॉस्पिटल 200 बेड का है और मेडिकल कॉलेज के लिए 300 बेड की जरूरत है जिसे जल्द ही पूरा किया जाएगा इसके लिए वे केंद्र में भी बात करेंगे उन्होंने कहा पीएम मोदी की मंशा है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बने उसको पूरा किया जाएगा इसके साथ ही पन्ना हॉस्पिटल को अत्याधुनिक मशीनें भी दी जाएंगी हॉस्पिटल तैयार हो रहा है सौ बेड का तैयार हो रहा है दो बेड का ऑलरेडी है मेडिकल कॉलेज के लिए तीन बेड की हॉस्पिटल की एक जो पहली आवश्यकता होती है वो पन्ना पूरी करा और आज ही मैंने निर्देशित किया है कलेक्टर महोदय को कि तत्काल ही आप प्रपोजल बनाकर पन्ना में मेडिकल कॉलेज आए इसकी शुरुआत आज के अच्छे दिन से हम सुबह जब विजिट कर रहे थे तब कहा है और पन्ना के मेडिकल कॉलेज के लिए जो जो बातें मुझे करनी होंगी केंद्र में लेकर राज्य सरकार से प्रपोजल उसकी हमने शुरुआत की और जल्दी ही हम इसके बारे में एक प्रारंभिक तैयारी हमने शुरुआत कर दी है और मुझे विश्वास है कि आगामी समय में माननीय प्रधानमंत्री की मन साय जिले में मेडिकल कॉलेज बने तो पन्ना भी उसमें एक स्थान के तौर पर अपना स्थान बनाएगा आप देख रहे हैं दखन न्यूज